नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने थमलिंग पे जो इमेजेस लगा रखी है उसके अंदर से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि, कि किसी भी जेपी जे इमेज का या किसी भी फोटो सिग्नेचर का साइज़ जो है वो हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम सरकारी फॉर्म भर रहे होते हैं या फिर नौकरी के फॉर्म भर रहे होते हैं या फिर एक्सवाइजेड हम स्कूल कॉलेज के फॉर्म भर रहे होते हैं वहाँ पर जो हमारे साथ इशू आता है वो एक मेन इशू ये आता है कि भाई हमें जो इमेज चाहिए वो इतने से इतने के के बीच में चाहिए या फिर जो इमेज का साइज़ है वो हमें पिक्सल्स में चाहिए और वो इतने से इतने पिक्सल्स के बीच में ही होने चाहिए और हमारे साथ यही प्रॉब्लम बार बार होती है और हम बार बार इमेज को स्कैन करते हैं साइज़ बनाते हैं लेकिन वो मैच नहीं होती आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाला हूं जिससे सिर्फ एक बार सिंगल टाइम में ही आपकी जो इमेज का साइज़ है वो बन जाएगा और कहीं पे भी मैच हो जाएगी सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने ये तीन इमेजेस ले रखी हैं यहाँ पर तीनों इमेजेस मैंने नेट से डाउनलोड कर रखी है हालांकि आप तो स्कैन करेंगे अब आप यहाँ देख सकते यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो के के अंदर है ठीक है के.बी के अंदर साइज दे रखा है अगर हम डिटेल्स में आते हैं तो डिटेल्स में हमें ये यह यहाँ पर पिक्सल्स दिख जा रहा है कि ये पिक्सल्स कितना हाई आ रहा है यानी कि 1100 समथिंग कुछ करके आ रहा है अब क्या है कि मुझे तो भाई ये जो पिक्चर है ना पिक्चर का साइज़ जो है वो कम चाहिए के के अंदर कम चाहिए मुझे के के अंदर तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल खोलते हैं गूगल में आएँगे गूगल के अंदर हम एक की वर्ड टाइप करेंगे रिज्यू रिड्यूस इमेज साइज जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपके सामने एक साइड खुल के आती है जो टॉप पर होती है डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी फर्स्ट पायदान पे है लेकिन कई बार ऐसा होता है ऊपर नीचे होता है तो आपको इस साइट को याद रख लेना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसका जो फ्रंट खुल के आना है पेज वो इस तरीके से आएगा यहाँ पर आपको रिड्यूज इमेज लिखा आ रहा है और यहाँ पर ड्रॉप योर इमेज यानी कि जिस इमेज का हम साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पर सलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ अब जैसे हमारी ये बच्चे की इमेज आप देख पा रहे होंगे यानी कि इसके हम फोटो लेते हैं और ओपन करते हैं अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो साइज़ है केबी में वो इकतालीस केबी है और इसे हमें रिड्यूस करना है तो हमें क्या है यहाँ पर आके सीधा हमें रिड्यूस के अंदर क्वालिटी को कम कर देना है थोड़ा सा हम क्वालिटी को रिसाइज़ करके हमने 25 केबी बना दी अब भाई ये तो मुझे चाहिए बीस के के अंदर चाहिए तो बीस के में हम थोड़ी सी क्वालिटी को थोड़ा सा कम और थोड़ा सा हाइट और वर्थ को थोड़ा सा रिड्यूज़ और कर लेते हैं हमने जैसे इसे कराए तो ये देखिए ये तेरह के बी के अंदर यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी फॉर्म के अंदर आपकी अगर डिमांड है कि दस के बी से लेके कर के बी के अंदर हमें फ़ोटो चाहिए तो आप ये साइड से ईजिली बना सकते हैं साथ के साथ इसके जो पिक्सल्स हैं वो भी आपको कम दिखेंगे अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इमेज में पिक्सल्स है ग्यारह से लेकर एक तक है अब आप इस पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि जो इस पिक्चर की जो साइज़ है वो 13 से लेकर 16 के बीच में है प्लस डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पिक्सल्स का साइज़ है विड्थ और हाइट है वो 1100 से रिड्यूस होके साढ़े पाँच और पाँच हो चुका है तो एक तो दोस्तों ये मेथड है आपके पास दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा मैथड जो है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास है ना इंटरनेट नहीं है विदाउट इंटरनेट के मेरे को कोई तरीका बताओ कि किस तरीके से तो हम साइज़ रिड्यूस कर सकें तो हमें सेकेंड तरीका जो हमारा है वो ये है कि हमें विंडो आर करना है जिससे हमारा रन कमांड खुल जाती है और हमें यहाँ पर एमएस पेंट टाइप करना है और ओके कर देना है ये एमएस पेंट की शॉर्टकट की है अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से जाके विंडोज बटन के अंदर जाके प्रोग्राम में जाके अगर वहाँ से एमएस पेंट खोलना चाहते तो आप वहाँ से भी खोल सकते हैं अब यहाँ पर हम क्या करते हैं हम यहाँ पर फिर से एक फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं यानी कि ओपन करते हैं अब हम जो फाइल ओपन करने वाले हैं जैसे कि चलिए इसे कर लेते हैं ये डाउनलोड में इसका जो पिक्सल्स में है साइज़ वो है साढ़े पाँच से लेके 548 अब हमें ये पिक्सल्स कम चाहिए ठीक है तो हमें अगर ये पिक्सल्स कम चाहिए तो हम यहाँ ओम पर क्लिक करेंगे और रिसाइज पे जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज जगह पिक्सल्स अब पिक्सल्स का साइज़ हमें क्या चाहिए भाई हॉरीजेंटल जो इसकी चौड़ाई है ना वो एक और एक की होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया अब भाई एक की इसकी चौड़ाई है और हाइट इसकी एक 109 आ रही है यानी कि 120 और 110 दोनों ही सेट कर रहे हैं क्योंकि जो सबसे कम वैल्यू होती है अगर हम बात कर कि, कि किसी फ़ोटो में कि अगर वो फोटो का जो पिक्सल साइज़ मांग रहा है 120 और 110 के बीच में मांग रहा है तो यानी कि हमें उसमें सबसे छोटा वाला जो है वो वैल्यू सबसे पहले सेलेक्ट करनी है अब उसकी चौड़ाई एक मांग रहे हैं हमने यहाँ एक चौड़ाई दे दी अब उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जा रही तो डजन मैटर और हम इसे ओके करेंगे ओके करके हम इसे सेव कर देंगे जैसे हम इसे सेव करते हैं अब हम ये देखते हैं डाउनलोड में दोबारा जाके इस इमेज के अंदर आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं ये देखिए इस इमेज का जो केबी में भी साइज़ है वो भी चेंज हो चुका है और आपका पिक्सल में भी हो जाए हो चुका है अच्छा मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जगह क्या होता है ना कि आपका जो साइज़ मांगा जाता है ना या तो केबी में या पिक्सल्स में बस ये दो ही चीज़ों में मांगा जाता है और आप ये दोनों मैथड जो हैं वो दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों जगह आपका ये सक्सेसफुल रहेगा इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं अपने सिग्नेचर को रिड्यूस करना या फिर आप सिग्नेचर का साइज़ जो है बढ़ाना भी चाहते हैं तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनका साइज़ भी अगर रिड्यूस करना है या बढ़ाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाना और साथ के साथ ये बेलका बेलाइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले थैंक यू